क्या yeah. हो रहा है hmm? Hi, sir. Yeah. Enjoy कर कर रहे रहे हो हो? कि नहीं में अमित नाइस परफ्यूम कुनालो गुड मॉर्निंग प्रिंसेस क्या बात है उठना नहीं है सही खेल गया आपने लापरवाही का नतीजा <laughs> यही नहीं, अभी और सुनिए। हाय। हाय। ये मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट मम्माई फ्रेंड कुनाल हेलो हाई क्षी समझ रहे हो यू कैन कॉल मी मीनाक्षी हेलो सर टपा ना टोपा